कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को 10 घंटे भी सो लें, लेकिन सुबह उनकी आंखों में नींद रहती है कुछ लोग जितना मर्जी आराम कर लें, लेकिन उनको एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं आती उनका है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका भी स्पर्म काउंट कम है या फिर आपको टेंशन बहुत ज्यादा होती है तो इस केस में आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए आप अपने दो तीन मिनट इस वीडियो के लिए निकाल लीजिए आपकी जिंदगी की कितनी भी प्रॉब्लम का सलूशन आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अगर रात को सोने से पहले आप दो लौंग का सेवन करें तो उससे कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है यानी कि वही लौंग जो एक खुशबोदार मसाला माना जाता है और भारत के हर किचन में अवेलेबल होता है जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में भोजन में करते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं लेकिन उसी लौंग से आप ये नहीं जानते कि कितनी ही बीमारियों का सलूशन मिल सकता है निराकरण हो सकता है कई रोगों का वैसे तो लौंग हमारे लिए एक मसाला है लेकिन अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक औषधि भी है यानी कि एक मेडिसिन है पुराने समय में लौंग का इस्तेमाल न जाने कितनी बीमारियों के लिए किया जाता था लेकिन आजकल बीमारियों का सोल्यूशन है मतलब सीधे आप डॉक्टर के पास जाइए किसी केमिस्ट के पास जाइए बहुत सारा केमिकल वाली दवाइयाँ लीजिए और खा लीजिए ऐसी दवाइयाँ जिनमें टोटली केमिकल्स एंड ड्रग्स आपकी एक प्रॉब्लम सोल्व करती हैं और दूसरी बढ़ा देती हैं। तो ऐसे में आपको आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए आयुर्वेदिक रेमेडी से अपने शरीर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए तो ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले कि लौंग का कर सेवन करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं लौंग का सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है और सोने ऐसी पहले दो लौंग चबा खाना है चबा खाना लौंग को थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन एक दो बार में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो उससे फायदे होंगे चलिए उनके बारे में जानते हैं सबसे पहला फायदा यह है कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है थोड़ा सा ब्रेथ का प्रॉब्लम जिन्हें रहता है, ऐसे लोग जो सुबह उठते हैं उन्हें लगता है ब्रश करने के बाद भी उनके मुंह से बु आ रही है तो लोग उनसे मिलना पसंद नहीं करते तो ऐसे में आपको रात को सोने से पहले दो लौंग जबा लेनी चाहिए इससे आपको बहुत फ्रेशनेस महसूस होगी रात में भी और सुबह उठकर भी जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं कि हमारा टूथपेस्ट ले लीजिए हमारा फलाना टूथपेस्ट ले लीजिए इससे आपको 12 घंटे तक अच्छी ब्रथ मिलेगी फ्रेश ब्रथ मिलेगी मुंह की बदबू चली जाएगी उनसे लाख गुना अच्छा है कि आप रात को दो लॉन्ग चबाकर कर खा ले फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है दूसरा फायदा मेल्स को होगा जिनका स्पर्म काउंट कम है क्योंकि आज के समय में हमारा खान हमारी जीवन शैली एकदम गलत है हम एक्सरसाइज नहीं करते इसी वजह से ज्यादा मेल्स में स्पर्म काउंट कम होने की प्रॉब्लम पाई जाने लगी है इस कारण से हमें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हजारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है लेकिन आपको सिर्फ यही करना है इस प्रॉब्लम से आपको बचना है तो कि रात को सोने से पहले दो लौंग खाइए इतना करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप इंक्रीज होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा आपका स्पर्न काउंट बढ़ेगा और अगर इन्फर्टिलिटी की समस्या के आस आप घूम रहे हो तो शायद उससे निजात भी आपको मिल जाएगी अगला फायदा अगला फायदा ये है की अगर आपको गहरी नींद नहीं आती है अगर सुबह आपकी आँखों में नींद रहती है दस घंटे सोने के बाद भी आपकी आंखों में नींद रहती है आपका शरीर एक्टिव नहीं रहता तो ऐसे में रात को लौंग का सेवन जरूर कीजिए क्योंकि लौंग का सेवन आपके माइंड को रिलैक्स करेगा अगर सोते समय आपका माइंड रिलैक्स है तो आपको बहुत अच्छी गहरी और डीप स्लीप का आनंद आएगा जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं इससे आपका डिप्रेशन भी दूर होगा और नेक्स्ट डे आपका माइंड फ्रेश स्वस्थ और इफेक्टिव फील करेगा आपका स्वभाव आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा इसके अलावा रात को लौंग का सेवन करने से पेट की बीमारियों से भी राहत मिलती है पेट की बीमारियों में अगर आपको गैस है अगर आपके पेट में दर्द रहता है इंडाइजेशन है कब्ज है अगर आप खाना खाते हैं लेकिन आपके शरीर को लगता नहीं है दुबले पतले से है तो उस केस में भी लौंग आपकी मदद कर सकता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आशा करते हैं दो लौंग वाला जो ट्रिक है ये आप सब यूज करेंगे और अपने दोस्तों अपने रिलेटिव अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे दो लौंग की बात है दोस्तों